ंदी काजल, कजरा मेहंदी क्या फलक से सजी आ रही हो मुझको तो सोड़ा था सिकरेट की खातिर उस शराबी के साथ जा रही हो और आज के लिए इतना तो ही तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में